मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का शराब के खिलाफ आंदोलन जारी है उमा भारती भोपाल के अयोध्या नगर बाईपास पहुंची जहां उन्होंने मंदिर के सामने अहाता होने पर आपत्ति जताई और तोड़फोड़ भी की उमा भारती शराबब बंदी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। उमा भारती अयोध्या नगर बाईपास पहुंची जहां उन्होंने मंदिर के सामने अहाते होने पर काफी नाराजगी जताई और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तोड़फोड़ की उन्होंने दुकान के मैनेजर से कहा की शराबबंदी के आंदोलन में सहयोग करे वही इसको लेकर दिल्ली सरकार ने तारीफ करते हुए कहा की उमा भारती ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है